नमस्कार और आप देखते थे पल पल डीएपी खाद की किल्लत को लेकर के फतेहाबाद के रतिया में किसानों ने लगाया एक बार फिर से जाम पल पल से राजेश भागु की खास रिपोर्ट डीएपी खाद की किल्लत को लेकर के मंगलवार को एक बार फिर से रतिया में किसानों ने जाम लगाया इससे पहले भी शनिवार को किसानों ने इसी चौक पर डी खाद की किल्लत को लेकर के ये जाम लगाया था और उसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुँच करके किसानों को मंगलवार तक डी मुहैया करवाने का आश्वासन दिया लेकिन आज सुबह जल्द ही किसान रतिया शहर की दुकानों पर खाद लेने के लिए पहुंच गए लेकिन खाद वहां पर नहीं मिली किसानों ने इसके बाद चौक पर आकर के जाम लगा दिया सरकार और किसा... प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की मौके पर जाम लगाने वाले किसानों में शामिल किसान रामचंद्र ने बताया कि डी ए खाद किसानों को नहीं मिल रही है और इसी से नाराज होकर के किसानों ने रतिया में, में संजय चौक पर जाम लगाया है वहीं रामचंद्र ने बताया कि शनिवार को भी किसानों ने डी खाद नहीं मिलने के कारण इसी चौंक पर जाम लगाया था और उस समय तहसीलदार तो व तमाम कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी आकर के किसानों को आश्वासन दिया था कि मंगलवार तक डी खाद मिल जाएगी इसके लिए स्पेशल रैंक लगेगा और खाद मुहैया करवाई जाएगी लेकिन अभी तक किसान खाद लेने से वंचित हैं डी का रैंक भी अलग से अभी नहीं लगा आज तहसीलदार ने फोन नहीं उठाया जबकि कृषि विभाग के अधिकारियों से बात हुई थी उन्होंने शाम चार बजे तक डीएपी ए पी खाद उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है लेकिन दूसरी तरफ जहां रैंक लगाने वाला है वहां पर दुकानदारों ने पहले से ही लिस्ट बनाकर के तैयार कर ली है जो कि पूर्ण रूप से गलत है मौके पर जो किसान मौजूद हैं उन्हीं के नाम लिख करके उन्हें मौके पर किसानों को खाद ही दी जानी चाहिए दुकानदार जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं वह है मर्जी से और अपनी अपने अपने किसानों को दे रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से फर्जी है और कालाबाजी रे के लिए इस तरह का बोगस लिस्ट दुकानदार लगा रहे हैं और देखें पल पल की एक खास रिपोर्ट तो आज डी ए खाद को दे जाम लगाया है, शनिवार मुफ्त को भी इसी चौक में जाम लगा था और पूरे खेतीबाड़ी के अधिकारी डी तहसीलदार रतिया यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने ये विश्वास दिलाया था में और मंगलवार को आपको सुबह खाद मिल जाएगी अभी हमने पता किया है तहसीलदार तो फानी नहीं उठा रहा हर जो खेती का अधिकारी वो कह रहा है चार बजे रैक लगेगा दूसरी तरफ दुकानों पे गए हैं उन्होंने सबके स्पष्ट नजर आता है कि अधिकारी और ये कुछ दुकानदार भी इनके पास डीएपी खाद का सीधी लूट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे किसानों के साथ शोषण कर रहे हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं इस बात के लिए हम बैठे हैं कि इसकी जांच हो जो ये लिस्टें बना रहे हो हमारी मांग है कि जो ट्रक आए खाद का मौके पे लिस्ट बने और मौके पर जो किसान है उनका लैंड लगवा के मौके पर उन्हीं को दी जाए जो बनाई जा रही हैं, वो, है, है। वो मिली वक्त के तहत बनाई जाए उनको रिजेक्ट किया जाए बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है खाद मिल रही है दो सौ रुपए ब्लैक पे जगह जगह गोदाम पकड़े हैं एपड़ का गोदाम भी पकड़ा भट्टू में पकड़े पच्चीस सौ गट्टे का गोदाम मतलब सरेआम इसमें जब अधिकारियों के पास एक रिकॉर्ड है कि कितनी बजाई होनी है गेहूं और कितनी खाद चाहिए और वो खाद गई कहाँ सब उनको पता है इससे मिली भगत कौन कहता स्पष्ट है कि मिली भगत है अधिकारियों की और यहाँ तो बड़ा अफसोस है रतिया में जो अधिकारी बैठे हैं रतिया के एसडीएम पर तो हम अमेन किससे करें उसमें तो सरे लगातार रोपी लगते आ रहे हैं आपका आगामी निर्णय क्या होगा आगामी निर्णय हम बैठे हैं भैया क्योंकि चौक में वहाँ भी खड़े थे लेनों में सुबह से दो बजे तक खड़े हैं। रात के क्या, क्या है, है किसी ने रोटी चाय पानी नहीं पिया और अभी यहाँ भी वहाँ भी खड़ना और यहाँ भी खड़ना यहाँ चौक में बैठे हैं जो भी परेशानी जब खाद आ जाएगी ले जाएंगे नहीं तो बैठे हैं इसी चौक